सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति को रस्सी से बांधकर लात लाद से उसकी बुरी तरह पिटाई की जा रही है यह वायरल वीडियो सिंगरौली जिले का बताया जा रहा है पिटाई वाला वायरल वीडियो सिंगरौली का है जहां जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में एक युवक को रस्सी से बांध कर लाद से उसकी पिटाई की जा रही है और लोग केवल तमाशबीन बनकर देख रहे हैं बताया जा रहा है कि युवक पर हत्या के आरोप के चलते उसके साथ ऐसा किया जा रहा है बरगवा में लाला ट्रैक्टर मालिक के चालक मर्दन सिंह की मौत हो गई थी जिसके आरोप परिजन लाला पर फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं